क्योंकि कई बार जब पार्टनर गेम छोड़ के उठता है तो उसके साथ एक और चीज उठती है उस खेल पर से भरोसा